दोस्तों नमस्कार जब आप की 91 में लॉगिन कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल पूरा करके स्क्रीन शॉट भेजना होता है जिससे कंफर्म हो पाए कि आपकी ज्वाइनिंग हुई है या नहीं हुई है तो देखिए ये जो ऐड आ रहा है इसको आप यहाँ पे टैप करके ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से अब देखिए यहाँ पे आपको टैप करना इस जगह पे इस जगह पे टैप करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका निक फिर आपका जो बचपन का नेम है वो निक फिर यहाँ पे आपका अपना नेम ठीक है उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ ये आप क्या है मेल है या फीमेल है उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका पिन कोड फिर आप सिटी पे टैप करेंगे जो भी आपका सिटी है उस सिटी को यहाँ पे सर्च करेंगे वो आ जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे वर्किंग प्रोफेशन में आप क्या हैं स्टूडेंट है हाउसवाइफ है जो भी है वो आपको यहाँ पे डाल देना है ठीक है और उसके बाद एक नीचे ऑप्शन आएगा आपको एक नीचे ऑप्शन आएगा रेफर कोड डालने का रेफर कोड मोबाइल नंबर दर्ज करें वर्किंग प्रोफेशन के जस्ट नीचे और सेव करे के थोड़ा सा ऊपर इस जगह पे ठीक है अगर वो ऑप्शन आ रहा है तो वहाँ पे आपको रेफर कोड जो दिया गया है लिंक के साथ वो डाल के फिर सेव कर देना अगर नहीं आ रहा तो ऐसे ही सेव कर देना इसको ठीक है इसमें अगर कहीं त्रुटी होगा तो सेव नहीं होगा ठीक है तो सारा चीज सही से आपको फिल करना है इसके बाद आपको जब ये फिल कर देते हैं तो आपको फिर यहाँ पे देखिए नेटवर्क देखेगा एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आपको टैप करना है और इस पेज का स्क्रीनशॉट आपको भेजना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट भेजेंगे तभी कंफर्म हो पाएगा कि आपकी ज्वाइनिंग हुई है या नहीं हुई है फिर आपको आगे इनकम करने की पूरी जानकारी दी जाएगी थैंक यू सो मच